हेलो जगन्नाथ आप सभी को मेरे चैनल जिसके भी उड़िया टेक को स्वागत है आज आप एक प्रसिद्ध मंदिर जाएंगे और आपको इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आप चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ये मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर है ये मंदिर वृंदावन में है ये मंदिर सबसे बहुत अच्छा मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर ये आप वृंदावन जब जाइएगा जरूर ये पागल मंदिर बाबा का दर्शन पागल बाबा का दर्शन अभी हम अंदर जा रहे हैं एक्चुअली ये बा, पागल मंदिर पागल बाबा मंदिर क्यों ही है इसके पीछे क्या इतिहास है ये मंदिर वृंदावन की सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है 221 फीट ऊंचा नौ मंजिलों वाला ये मंदिर सफ़ेद सरग्राम से बना हुआ है इस मंदिर का निर्माण उन्नीस में हुआ था और इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उन्नीस में हुई थी जहां माँ काली के परम उपासक संत श्री लीला नंद ठाकुर जी रहा करते थे वे माँ काली की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें पागल बाबा कहा जाना लगता है तभी तो से राधा कृष्ण जी की इस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मंचें मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है लोगों अपनी मनोकामना को मंदिर के दीवार पर लिख जाते हैं मंदिर अंदर का शायद कहीं कौन बचा होगा जहां कहीं मनोकामना नहीं लिखा होगा आइए आगे चलते हैं आपको मंदिर दर्शन कराते हैं मंदिर न मंजिला है आप पीले मंजिल में मंदिर के तरफ हम घुसते हैं देख रहे हैं ये मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं अपना मनस्कामना लिख के चले जाते हैं उनका मनस्कामना जरूर पूर्ण होता है ये देख रहे हैं ये पहला मंजिल से आप देख सकते हैं मंदिर के साइड में बाबा का समाधि है बाबा यहीं शरीर छोड़े थे बाबा का नाम पे बहुत सारे मान्यता है बाबा एक जज थे जज के टाइम पे गरीब ब्राह्मण रोग लो के बांकी बहरा जी गवा देने के लिए आए थे तभी से बाबा ने नौकरी छोड़ दी चलिए बाबा पश्चिम बंगाल में रहने वाले थे तभी से वो माता जी के भक्त माताजी के भक्त में लीन हो गए थे तो उन्नीस में आ गए थे वृंदावन और वहां पर राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उन्नीस में बाबा ने काले की भक्त में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा मंदिर में प्रवेश करते ही माँ भगवती का मंदिर बना हुआ है मंदिर के ठीक सामने कौन बना हुआ है जिसे सुदेवी कौन कहा जाता है बाबा के पत्नी के नाम पर सुदेवी थी इसी कोण के बगल में सी परिवार का मंदिर स्थापित है इस मंदिर के ध्यान से देखने पर सभी धर्मों को धार्मिक इमारत की झलक इस मंदिर में दिखाई देती है नौ मंजिलों वाले इस मंदिर को हर एक मंजिल पर एक मंदिर है कि प्रथम मंजिल जिसमें श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर स्थापित है चलिए आगे आपको मंदिर का पूरा दर्शन कराते हैं ये मंदिर का जो है सीढ़ी है इसी सीढ़ी में हम ऊपर चलते हैं आगे चलिए हमारे साथ में मंदिर चलते हैं ये पहला मंजिल है ये पहला मंजिल है ये राधा गोविंद का मंदिर है यहाँ पे राधा कृष्ण का प्रतिमूर्ति स्थापित है देख रहे हैं ये राधा कृष्ण जी का प्रतिमूर्ति इसी के पास में छोटी सी मंदिर में श्री लीला नंद जी ठाकुर जी के प्रतिमूर्ति स्थापित है जिसको पागल नामो पागल बाबा कहते हैं आगे चलिए देखते देख। हैं। ये है मंदिर ये मंदिर का दूसरी मंजिल चलते हैं आगे ये मंदिर दूसरी मंजिल क्या है आपको ये मंजिल में श्री कृष्ण बलराम का मंदिर है यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी का प्रतिमा स्थापित हुई है आगे चलते हैं तीसरी मंजिल मिल हम आगे चलते हैं तीसरी मंजिल के तरफ ये मंजिल में नंद यशोदा मंदिर है इसी मंजिल में माता यशोदा अपने पुत्र कृष्णा जी को गोद में ले कर रखे और यहाँ पे माता यशोदा का दर्शन होते हैं और बाजू में माता यशोदा ने अपने क्रिसमस जी को गोद में लेकर कर रखे हैं और बगल में नंद जी यहाँ पे है आगे चलते हैं चल। आगे चलते हैं आप दूसरी मंजिल की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ मंदिर कितने सुंदर दिख रहा है आगे भी नजारा बहुत अच्छा यहाँ से वृंदावन पूरा शहर दिखाई दे रहा आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्त सब आए हैं अपना मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं अभी हम मंदिर चल रहे हैं राम दरबार मंदिर ये ये मंदिर में आप देख रहे हैं राम सीता और लखन माता सीता के जी के साथ राम लखन राम लखन सीता और हनुमान जी की यहां पे पूजा होते हैं ये अगले मंजिल है ये मंजिल हम आगे चलते हैं ये जो मंजिल है ये आप देख रहे हैं ये बामन दरबार का मंदिर है यहाँ पे बामन अवतार में ये पूजा करते हैं आप घर बैठे हैं आनंद लेते रहिए इसके बाद भगवान ने अपने पैर में पूरा ब्रह्मांड फूल आप ले तो आप देख रहे हैं ये मंजिल ये मंजिल से आप पूरा देख सकते हैं वृंदावन को सहार पूरा देख सकते हैं आगे आपको ले चलते हैं। ये मंदिर अभी हमको आठवीं मंजिल आपको ले चलते हैं। जिसमें हरी विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थापित है आगे देखिए यहाँ से मंदिर का भव्य दृश्य इसी प्रकार के दिखाई जाता है बहुत सुंदर दिखता है पूरा वृंदावन ये नवी मंजिल है ये श्री भगवान ओम मंदिर यहाँ पे स्थापित है ये देख पा रहे हैं सबसे ऊपरी भाग यह नवी मंजिल से आप भव्य मंदिर का पूरा नज़ारा प्रांगण में देख रहे हैं ये पूरी वृंदावन शहर की पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं मंदिर के सामने एक अखंड ज्योति है हमेशा ये ज्योति जलती रहती है आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपरी मंजिल है जिसको बोलते हैं नबीम मंजिल है नबीम मंजिल से पूरी वृंदावन की शहर दिखाई देता है यहाँ से आप पूरा वृंदावन शहर का दृश्य देख सकते हैं ये मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है मित्रों सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक तो रामलीला का दर्शन कराई जाती है आप अंदर चलिए देखते हैं यहाँ पे कृष्ण लीला दर्शन होता है यहाँ पे बहुत सारे झांकियाँ हैं देवा देवी प्रतिमुति का झांकियां यहां यहाँ पे सारे जैसे देख रहे हैं मक्खमपुर लीला दर्शन कर रहे हैं यहां पे सारे झांकिया का बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किए हैं यहां पे देख रहे हैं बाबा बाबा पागल बाबा है उनके हाथ में लाल कपड़ का, का ये है यही इनको आशीर्वाद करो से मिला था जिसके वजह से यहां पे वो आए थे यहाँ पे मंदिर बनाए उसके बाद यहीं मंदिर बनाने के बाद यहीं पे उनका प्राण छोड़े यहाँ पे उनका समाधि हुआ ये देख पा रहे हैं ये कि झांकिया है यहाँ पे राम ने रावण को मारा दशानन को यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे देखिए और आप, आप लाइक और शेयर करने के लिए न भूलिए आप इतने मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं इसमें आपका एक लाइक और एक शार चैनल सब्सक्राइब तो करना भी बिल्कुल फ्री है तो मिलते हैं वृंदावन यात्रा के अगले एपिसोड में जय श्री राशन कराते हैं ये माता सुदेवी कुंड है ये सबसे अच्छा मंदिर ये यहाँ अभी हम दर्शन कर लिए अभी हम मंदिर से बाढ़ तरफ जा रहे है ये मंदिर का नीचे को आने का शर है ये रास्ता है यही से ये बहुत अच्छा था पागला मम्मी पागल बाबा मंदिर का दर्शन है यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं जगन्नाथ